नमस्कार दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सपने और हकीकत में आज हम बात करने जा रहे हैं कि यदि सपने में आपको मछली दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ होगा सबसे पहले मछली आपको किस अवस्था में दिखाई दी है इसका बहुत ही महत्व है क्योंकि हर अवस्था अपना अलग परिणाम अलग फल देती है इसलिए ये ध्यान में रखने की काफ़ी आवश्यकता है कि मछली आपको किस अवस्था में दिखाई दी है किस रंग की दिखाई दी है जैसे कि हम सब जानते हैं कि मछली को काफ़ी शुभ माना जाता है मान्यताओं के अनुसार मछली को श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता है सपने में यदि आपको साधारण मछली दिखाई देती है आप ये नहीं देख पाते सपने में कि मछली क्या कर रही है और ये भी नहीं देख पाते कि मछली किस प्रकार की है तो यह सपना बताता है कि आने वाले समय में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है सपने में अगर मछली को आप दाना खिला रहे हो दाना खिलाना मछली को सपने में ये बताता है कि आने वाले समय में आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ने वाली है यदि आप सपने में छोटी छोटी रंगीन मछलियां देखते हो तो ये काफ़ी शुभ है क्योंकि यह दर्शाता है कि आने वाले समय में आपका शुभ समय शुरू होने वाला है खुशियों का आगमन आपके घर में होने वाला है यह छोटी छोटी रंगीन मछलियाँ खुशियों का प्रतीक हैं लेकिन यदि आप अपने सपने में बहुत बड़ी विशाल या फिर किसी तरह की खूंखार मछली देखते हैं या फिर मछलियों का बहुत बड़ा झुंड देखते हैं तो यह है नकारात्मकता का प्रतीक है यह बुरी शक्तियों को दर्शाती हैं आने वाले संकट की ओर इशारा करती हैं ऐसे में आपको सावधान होने की आवश्यकता है ऐसे बुरे सपनों का जिक्र दूसरों से अवश्य ही कर देना चाहिए ताकि इनका प्रभाव कम हो जाए यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें धन्यवाद